नमस्कार फ्रेंड्स क्या आप भी शेयर मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप शेयर मार्केट का नॉलेज शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करके बहुत अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो बताने वाला हूँ जिसमे आप अपना डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती है और वहां पर आपको जो ब्रोकरेज लगता है वो ब्रोकरेज भी एकदम सबसे कम लगता है उस एप्लीकेशन का नाम हैदा तो फ्रेंड्स जरोदा इंडिया का नंबर वन ब्रोकरेज भी कहलाता है इसे डिस्काउंट ब्रोकर भी कहते हैं और सबसे कम आपको वहां पर चार्जेस भी लगते हैं इसलिए जरोदा को इंडिया का नंबर वन ब्रोकरेज आप भी जरोदा में आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसका प्रोसेस मैं आज आपको मेरे मोबाइल से लाइव करके दिखाने वाला हूँ की कि आप किस तरह से जरोदा में आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बेलाइक को भी दबाइए ताकि हमारी ऐसी नई नई नॉलेज वीडियो आप तक सबसे पहले पोस्ट रहे तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो तो फ्रेंड्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे इस वाले पेज पर आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद इसे आपको थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओ भेजा जाएगा वो ओ आपको यहाँ पर डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है तो फ्रेंड्स आपको अकाउंट ओपन करने के लिए सेवन स्टेप को पार करना होता है उसके बाद आपका जो डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन हो जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको सातों स्टेप एकदम अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ तो आपको सातों स्टेप करने के बाद आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस वाले पेज पर आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड पर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी नीचे उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट डेप है वो कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इक्विटी या फैंड क्यू करेंसी और कमोडिटी इन चारों पर ही क्लिक रखना है आप इनमें ट्रेडिंग भी नहीं करते हो फिर भी आपको उस पर क्लिक करना होगा क्योंकि आपको आगे चलकर उसमें नॉलेज आ जाएगा तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो इसलिए आपको इन सभी पर ही टिक रखना है और आपको थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर आपको दो उनको पेमेंट करना होता है महीने में जब अकाउंट ओपन किया था तो मेरे से भी इन्होंने दो सौ चार्ज लिया था ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपसे ही ले रहा है सभी से अकाउंट ओपनिंग फीस ले लेता है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है आने के बाद आपको यहाँ पर यू पी आई कार्ड नेट बैंकिंग और वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो आप दूसरे वाले पर क्लिक कीजिए या आपके पास गूगल पे फोन पे होगा तो आप यू पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपका जो यू पी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद आपको पे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा जब आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा ये पेज आने के बाद आपका आप सीधा जरुदा के अगले पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको आधार केवाईसी करनी होती है तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर के ज़रिए आधार के कर सकते हो तो यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा तो यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पर एक ओटीपी आ जाएगा तो वो ओ आपको यहाँ पर डाल के नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अलग पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा लोड लेने के बाद आपका जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो दे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऐसे मैसेज आ चुका है कि आपका जो डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो चुका है तो आप सीधा थर्ड स्टेप पर पहुँच जाओगे आपकी जो सेकंड डेप है वो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर डालनी होती है तो सबसे फर्स्ट में आपके जो पेरेंट का नेम है फादर का नेम है वो आपको यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद आपके जो फादर का सर नेम है वो सर नेम आपको उसके नीचे डालना होता है उसके बाद आपका मदर का नेम डालना होगा उसके नीचे आपका जो मदर का लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आपको यहाँ पर इंटर करना होगा थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको आपकी एनअल इनकम सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पर उस पर आप क्लिक करोगे आपकी जितने भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है उसके बाद नीचे वंस एवरी कैलेंडर क्वार्टर तो फ्रेंड्स आपको उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट में क्वार्टरली और सेकेंड में मंथली आपको यहाँ पर जोरदा की तरफ से एक मेल आ जाएगा आपने मंथ में या क्वार्टरली आपने जितना ट्रेडिंग किया है वो आपको मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है वो आपकी gmail पर एक पी भेजते हैं उसमें आपके सारे डिटेल्स होती है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद नीचे आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करना होगा यहाँ पर आप जितने साल से ट्रेडिंग करते हो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अन्य तो आप न्यू हो तो आपको सबसे ऊपर में न्यू पर क्लिक करना होगा उसके बाद नीचे आपको आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आप जो भी बिजनेस करते हो या छेती करते हो या आप कहाँ पर जॉब करते हो प्राइवेट लिमिटेड में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हो तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर आपको आर यू ओ पॉलिटिकली एक्सपोसड पर्सन यहाँ पर आपको उस पर नीचे क्लिक करना है कि आप पॉलिटिकली पर्सन हो तो आपको उस पर क्लिक करना होगा तो आप पॉलिटिकली पर्सन हो तो आपको ऊपर यस पर क्लिक करना है नहीं तो उसके नीचे आपको नो पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल है वो बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होती है तो फ्रेंड्स आप जिस बैंक से यहाँ पर पैसे ऐड करना चाहते हो वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर लिंक करना होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो फर्स्ट बैंक का आई कोड है वो आई कोड डालोगे तो नीचे आपका बैंक का ई कोड जो है वह एटोमेटिकली आ जाएगा उसके बाद आपका जो अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर नीचे दो बॉक्स में डालना होगा अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल ही नीचे और ऊपर सेमी होना चाहिए आपको थोड़ा नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको एक चार बॉक्स दिख रहे आपको उन सभी में टिक करना होगा और उसके नीचे आपको कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स आपके सामने वीडियो के वैसी का एक पेज आ जाता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये लड़की के हाथ में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपको एक वाइट पेपर पर लिख के रखना होगा जैसे आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा तो आपको ये नंबर उनको दिखाना होगा ऐसे दिखाने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स इसमें ऐसी कोई भी मुश्किल काम नहीं है बस आपको एक वाइट पेपर पर नंबर लिखना है और बस आपको कैमरे के सामने यू ऐसे पकड़ना है उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आप सीधा सिक्स वाले स्टेप पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अन्यथा आपके बैंक का जो कैंसल चेक होता है वो कैंसल चेक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपके गैलरी में जो भी फोटो है या पी है आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ पूछा जाता है ये ऑप्शनल है आप ये फैंड क्यू जो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इसे अपलोड करना होगा अन्यथा आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स अभी आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको इसे बाद में अपलोड करना चाहिए क्योंकि आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो आप इसे बाद में भी अपलोड कर सकते हो तो फ्रेंड उसके नीचे आपका जो सिग्नीचर है वो सिग्नीचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा सिग्नीचर अपलोड करने के बाद आपको नीचे आपका कॉपी पैन नंबर है यानी कि आपके जो पैन कार्ड का फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा बस आपको पैन कार्ड के नीचे अपलोड वाला बटन है आपको उस पर क्लिक करना होगा और आपका जो पैन कार्ड का जो कॉपी है इसे यहाँ पर अपलोड करना होगा ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा उसके बाद फ्रेंड्स आप आते हो सेवन स्टेप पर तो सेवन स्टेप में आपको यहाँ पर आपका जो ई e साइन है वो कंप्लीट करना पड़ता है ई साइन e आप अपने आधार के थ्रू ये ई e साइनिंग आपको आधार के थ्रू करना पड़ता है तो फ्रेंड्स आपको सीधा ई e साइन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू ई साइनिंग पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स आप सीधा एन एस वाले वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट में ऊपर चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा उस पर क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर आपको नीचे इस बॉक्स में डालना पड़ेगा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे सेंड ओ पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपका जो आधार कार्ड ऐसे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओ आएगा तो वो ओ आपको यहाँ पर डालना होगा ओ डालने के बाद आपको नीचे वेरीफाई ओ पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड्स आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स भरी है उसका फॉर्म आपके सामने आ जाता है इस फॉर्म को आपको कहीं पर सेव करके रखना है नहीं तो आपको ज़रूरदा है आपकी ई पर भेज देता है आप इसे अच्छे तरह से सेव करके रखिए क्योंकि आपको ये बाद में कभी भी काम आ सकता है तो आपको नीचे उसके ई साइन पर क्लिक करना होगा आपको दोबारा एक बार ई साइन करना पड़ेगा आप फिर से एन के इस वाले साइट पर आ जाओगे आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करना है आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगा वो ओ आपको यहाँ पर डालकर वेरीफाई ओ पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा तो यहाँ पर देखिए साइन इन सक्सेसफुल हमारे सामने आ चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो सेवन स्टेप भी है वो कम्प्लीट हो चुका है तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे जो फिनिश वाला बटन है उस पर क्लिक करना होगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सामने कॉन्ग्रेजुलेशन वाला एक पेज आ चुका है यानी कि हमारा जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो फ्रेंड्स आपका जो जी आईडी है उस पर एक साइलेंट आईडी आपको भेजा जाएगा वो साइलेंट आईडी आपको जेरोदा का एक, एक एप्लीकेशन होता है काट करके आपको उसे प्ले स्टोर पर जाके उसे इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल में और वहाँ पर आपका साइलेंट आई और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है वो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको उस पर लॉगिन होना पड़ता है लॉगिन होने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हो और आप शेयर को बाय और सेल भी कर सकते हो और फ्रेंड्स आपको के एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है आपको फंड ऐड करना नहीं पता या आपका बैंक अकाउंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो और फ्रेंड्स आपको अकाउंट ओपन करते समय कुछ भी डाउट आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा